यादाओं के मुखिया मुलायम सिंह जी का शोक सभा और श्रद्धांजलि सन, दूध मंडी जहांगीराबाद बदलापुर पड़ा में सभी दुग्ध समाज के लोग यादव महासभा के जिला जिलाध्यक्ष कमलेश यादव जी यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं अकमलेश यादव के साथ आए हुए सभी सम्मानित साथीगण आज नेताजी के शोक सभा में नेताजी की मेहनत नेताजी की ईमानदारी नेताजी का काम नेताजी का दिल उन्नीस सौ इक्यासी बयासी से हम लोग देखे हैं हम लोग पार्टी बनाने का काम किए थे हमारे पास ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था उस समय जिले में सिर्फ पांच नेता थे सतई राम जी थे पारसनाथ मौर्या थे पारसनाथ यादव नहीं थे पारसनाथ मौर्या थे रामदास जी थे नेता जी को चाहने वाले और ललन जी थे एमएलसी जो थे दो बार हमारे यहाँ बीना श्रीवास्तव बीना निर्मला श्रीवास्तव और लाल टोपी के नाम से जाने जा जाना जाने जाना, जानने वाले हमारे बाके लाल शर्मा जी यही सात आठ नेता थे पूरे जौनपुर में मुलायम सिंह को चाहने वाले क्योंकि वो उस समय चौधरी चरण सिंह का जमाना था कांग्रेस की सरकार प्रदेश में देश में थी जहां समाजवादी पार्टी की बात है वो सबकी पार्टी है नेताजी सबके थे मगर कुछ नए उम्र के लोग यह वही स्थिति बनती है जैसे अनपढ़ आदमी को आप रामायण दे दीजिए तो वो सोचेगा कि हमको फंसा दिए कुरान दे दीजिए तो सोचेगा हमको फंसा दिए ऐसा कुछ नहीं है किसी भी दल में आप नेक ईमानदारी या किसी संगठन में आप नेक ईमानदारी से रहेंगे आपका संगठन आपका समाज लोग बने रहेंगे और खुशी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे व्यस्त रहेंगे मस्त रहेंगे आज दूध मंडी में न्यू दूध मंडी में नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और आ, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ नेताजी आम गरीबों के नेता थे एक बार मैं नेताजी से मिलने गया और नेताजी मुझ जैसे आम कार्यकर्ता से करीब एक घंटा बातचीत किए मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि नेताजी समाजवाद क्या होता है आप नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं उन्होंने दो शब्दों में बताया था कि समाजवाद क्या होता है उन्होंने कहा कि सम्पन्नता और लोगों को समानता सम्पन्नता और समानता दो चीज़ उन्होंने कहा था कि दो शब्दों में समाजवाद अगर आप चाहोगे तो समेट लोगे और इसको दो शब्दों को पूरे समाज को समझाने की ज़रूरत है मैं अपने पूरे समाज से दबे कुचले सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप नेताजी को नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं और आप ये आपको मानना पड़ेगा कि लोहिया और जेपी के बाद नेताजी ऐसे सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं जिनका कोई जोड़ नहीं है सूरज रहेगा